नमस्कार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और जिस तरीके से आप लोग इस हमारे चैनल को अपना सपोर्ट करते आए हैं आगे भी सपोर्ट बनाए रखेंगे आज हम लोग जिस चीज़ को लेकर आज बेसिकली आए हैं उस चीज़ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये था कि हमें यह समझना था कि जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो लॉ सब्जेक्ट है लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट चाहे यूपीएससी पी हो या फिर यूपीएससी का लॉ सब्जेक्ट हो इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि हम इस बात को समझें कि आखिर लॉ का क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है तो एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच में ये है कि हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लॉ का सब्जेक्ट हमसे क्या समझता है यूपीएससी के सिलेबस में ईपीएफओ के एग्जाम में जो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो लेबर लॉज वग़ैरह हैं उनसे संबंधित प्रोविजन्स को किया गया है तो हम उस उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उस बातों को समझने की कोशिश करेंगे लास्ट के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि लेबर लॉ की आवश्यकता क्या होती है लेबर लॉज किस तरीके से काम करते हैं लेबर लॉज के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं लेबर लॉज में क्या क्या तो आज हम लोग लेबर लॉज को समझेंगे और उसके टर्म्स को समझेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों के बारे में क्या क्या कहा गया है किस चीज़ को हम डिपेंडेंट कहेंगे किस चीज़ को डिपेंडेंट नहीं कहेंगे लेबर लॉज का एक्सटेंट कहाँ तक है लेबर लॉज किस तरीके से काम करता है? तो बेसिकली हम लोग आज लेबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले आपके पास एक प्रॉपर बेयर एक्ट का होना बहुत जरूरी है बिना बेयर एक्ट के आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आइए आज हम लोग इस चीज को देखते हैं आप लोग अपने अपने पास में बेर एक्ट लेके रखिए और उस पे हम लोग आगे चलते हैं सबसे पहली बात यह है कि किसी भी जब हम एक्ट को पढ़ते हैं उस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लेबर लॉ कहां कहां इन्फोर्स होता है ठीक है और लेबर लॉ के बारे में हम क्या समझते हैं क्या क्या उसके रीजंस होते हैं देखिए बेसिकली जो लेबर लॉज बनाए जाते हैं वो लेबर के कंडीशंस को आगे देख के लेबर के कंडीशंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ठीक लेबर के कंडीशन को ध्यान में रख के बनाए जाने का रीज़न ये है कि चूँकि जो भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है ना कि डेवलप्ड कंट्री है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जिस देश में विकास की संभावना बहुत कम है वो डेवलप्ड कंट्री है जिस देश में विकास की संभावनाएँ असीमित हैं जिसमें लगातार विकास हो रहे हैं और विकास होने की संभावनाएं मौजूद हैं वैसे देश को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास लेबर के क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं बेसिकली इंडिया में या कहीं भी अगर आप देखेंगे तो लेबर की जो परिभाषा है वो दो तरीके से लेबर को हम देखते हैं एक लेबर होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं दूसरे को हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है जैसे नाम से ही क्लेरिफाई होता है कि ऑर्गेनाइज जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन हो दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज उसके बाद जो लेबर होते हैं उनके तीन क्लास होते हैं एक स्किल्ड लेबर दूसरा सेमी स्किल्ड और तीसरा अनस्किल्ड सरकार इन तीनों के लिए एक मिनिमम वेजेस तय करती है कि इनको इतने रुपए दिए जाएंगे तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हमारे पास जो सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए उस रूल्स और रेगुलेशन में मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए गए मिनिमम वेजिस एक्ट के बारे में जब आप देखेंगे तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में आप लोगों ने समझा होगा इस बात को कि जैसे बहुत सारे तरीके से लेबर यूनियन बने मजदूर संगठन बने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान लिया था जरूरी भी था क्योंकि भारत एक संगठित और गैर संगठित दोनों ही मजदूरों वाला एक मुल्क था जहां से मजदूर दूसरे देशों तक भी जाए जाते थे इसी ड्यूरेशन में जब मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था तो उनको बतौर एक एग्रीमेंट के आधार पर भेजा जाता था और चूंकि उस समय जो लोग होते थे वो थोड़े पुराने ख्यालात के लोग होते थे और उन ख्याल के लोगों के लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोग भी समुद्र के पार चले गए उन लोगों को कहा जाता था कि ये लोग जो है दूसरे देशों में चले जाएंगे विदेश में चले जाएंगे तो उनको समाज से बहिष्कृत समाज से बहिष्कृत नहीं जिसको लोग कहता था देहात में भोज से देना हो भोज से दिया जाता था तो जो लोग विदेशों में जाते थे वो एक एग्रीमेंट के तहत जाते थे और उस समय एग्रीमेंट लोग नहीं बोल पाता था तो उसको गिरमिट गिरमिट करके लोग बोलता था और तब से एक वर्ड टर्म यूज हुआ गिरमिटिया मजदूर सबसे ज़्यादा फिजी में जाते थे मॉरिसस में जाते थे अमेरिका वगैरह में बहुत कम जाते थे लेकिन अभी भी जो लोग जाते हैं उनके साथ बतौर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद ही वो लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको कहा जाता था गिरमिट पे जाने वाले जो मजदूर होते थे तो वो गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाते थे लेबर लॉस बनाने के पीछे रीजन ये होता था कि जो वर्कर्स के कंडीशंस है उसके कंडीशंस को डेवलप करना तो सरकार उनके कंडीशंस को डेवलप करने के लिए कंसर्न बहुत ढंग से अलग अलग ढंग से कंसर्निंग रही है हमारे पास दो तरीके के वर्क होते हैं एक वर्क होता है कॉन्ट्रेक्ल वर्क होता है ठीक है एक टेम्प्री वर्क और दूसरा दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क देखिए सबसे पहले तो समझिए कि लेबर लॉ को हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं ठीक है जिसमें क्या होता है बॉडी ऑफ लॉस एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स एंड प्रेसिडेंट्स विच एड्रेस द लीगल राइट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयज एज वेल एंड देर ऑर्गेनाइजेशन पीपल बेसिकली जब भी हम लेबर लॉ पढ़ते हैं तो उसमें दो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को हम लोग ऑनर भी कहते हैं और इसको हम लोग सर्वेंट भी कहते हैं ठीक है तो सर्वेंट जो वर्ड यूज होता है वो बेसिकली नौकर के शब्दों में या सेवा करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है तो कुछ इनके राइट्स होते हैं कुछ इनके राइट्स होते हैं दूसरा चीज ये है कि वर्किंग पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एज सच इट मेडिएट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन अदर वर्ड लेबर लॉ डिफाइन द राइट एंड ऑब्लिकेशन एज वर्कर्स यूनियन मेंबर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन द वर्क तो लेबर लॉ किस किस चीजों पे काम करेगा एक तो इंप्लॉयर पे दूसरा इंप्लॉयज पे और तीसरा वर्कर्स एसोसिएशंस पे ठीक है अच्छा इसी बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे लेबर लॉज पढ़ेंगे चूंकि लेबर लॉज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इस बात को भी समझते हैं कि कब आप हड़ताल पर जा सकते हैं उनकी हड़ताल का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है किस कंडीशन में आप हड़ताल कर सकते हैं उसमें सेफ्टी देखा जाता है फीमेल की सेफ्टी देखी जाती है मेल का सेफ्टी देखा जाता है किस किस तरीके कौन सी किस तरीके की इंडस्ट्रीज होती है किस तरीके के एक्टिविटीज़ होती है इन सब चीज़ों को समझा जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं ठीक है इंडस्ट्री हमारे पास कितने तरीके के होते हैं देखिए सरकार जो है ना अलग अलग इंडस्ट्रीज का डिविजन करके रखी हुई है ठीक है सरकार जो है इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग डिवीज़न करके रखी हुई है कि किस किस तरीके के इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हो सकते हैं देयर आर सिक्स टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हम लोग बेसिकली देखते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख ले, स्टील एंड एंडवायरन इंडस्ट्रीज़ देख ले, टेक्सटाइल हो गया उसके बाद आपका सुगर सीमेंट पेपर वर्क पेट्रोकेमिकल ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैंकिंग इंश्योरेंस हालांकि अभी जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है तो एक आपके इकोनॉमिक सिचुएशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है आईटी सेक्टर में तो इंडस्ट्री को हम लोग बेसिकली देखते हैं किस किस तरीके से इंडस्ट्री को डिटेल में हम लोग देखेंगे अगर तो सरकार जो डिविज़न करती है एक होता है एम माइक्रो स्मॉल और मीडियम ठीक है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस उसके बाद आता है आपका हेवी इंडस्ट्रीज हेवी इंडस्ट्रीज ठीक उसके बाद आपका आएगा केमिकल फर्टिलाइजर डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत तरीके के इंडस्ट्रीज हमारे पास होते हैं अगर आप तीन तरीके के इंडस्ट्री को देखें तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री जिसको आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री जिसको आप लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं प्रोडक्शन सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं ठीक इस बात में कोई दिक्कत आपको कोई समझने में परेशानी अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को तीन कैटेगरी में जब डाला जाता है तो सेकेंडरी का सेकेंडरी जो सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसमें आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डालेंगे प्राइमरी सेक्टर का मतलब ही हो गया कि किसी भी काम को सपोर्ट करने के लिए जो बेस प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रखते हैं टर्सियरी सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर वो भी इंडस्ट्री का एक टाइप है ठीक है इंडस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट में 1991 के बाद बहुत ही अलग ढंग से बूस्टअप आया ठीक है इंडस्ट्रीज के सेक्टर में बहुत अलग ढंग से बूस्ट हुआ ठीक है अच्छा उसके बाद इसमें अगर आप फिर दोबारा देखें तो कंपनीज़ के क्लासिफिकेशन आपको समझने होंगे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ठीक है इस तरीके से आपको समझने पड़ेंगे ठीक अब अगर आपको आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रीज़ का जो डेफिनेशन है या कंपनीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं तो कंपनीज का जो डेफिनेशन होगा हमारे पास तो कंपनीज को जो हम लोग देखेंगे वो कंपनीज़ हमारे पास अलग अलग तरीके से होंगे और इसके लिए हमको पढ़ना होगा द कंपनीज़ एक्ट 2013 जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से बनती है और किस किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है ठीक तो सबसे पहले आप समझिए कि हम समझेंगे कंपनीज़ के क्लासिफिकेशन को कि कंपनीज़ कितने तरीके के होती हैं और फिर समझेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं फिर हम उसके लेबर डिस्प्यूट्स को समझेंगे बेसिकली इस सेक्ट के अलग अलग कई वीडियोज़ आएंगे जिससे आपको बेसिक से लेके फंडामेंटल तक समझने में काफ़ी मदद मिलेगी सबसे पहले आप समझिए कि कंपनीज जो होता है वो इनकॉरपोरेशन के आधार पर किस तरीके से देखा जाएगा इनकॉरपोरेशन के आधार पे इनकॉरपोरेशन के आधार पे जो कंपनीज बनाई जाती है उसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनी ये हम लोग थोड़ा पहले भी चलेंगे दूसरा जो कंपनी है इनकॉरपोरेशन के आधार पे उस कंपनी को हम लोग कहते हैं स्टेचुट्री कंपनी ठीक है और तीसरा जो कंपनी होता है उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी ठीक है उसके बाद दूसरा होता है एक तो ये इनकॉर्पोरेशन के आधार पे हो गया दूसरा हम लोग फिर इसके आगे जब समझेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि लाइबिलिटी के आधार पे क्या होता है कंट्रोल के आधार पे क्या होगा ठीक है तो उसके बाद अब हम लोग एक तो ये आप समझ लिए कि इनकॉरपोरेशन के आधार पे कंपनीज के तीन टाइप्स रॉयल चार्टर्ड कंपनी स्टैचूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी अब हम समझते हैं कि लाइबिलिटी के आधार पे कंपनीज कितने तरीके के होते हैं ठीक अगर आप लाइबिलिटी के आधार पे देखें तो कंपनी के िटी के आधार पर देखें तो कंपनीज के तीन टाइप्स इसमें भी एक होता है लिमिटेड बाई से ये तो आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही साथ ही आपके कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको भी काम आएगा जो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं या कंपनीज एक्ट के किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के काम में आपको हेल्प करेगा इनफैक्ट बेसिक लेवल तक तो करेगा ही करेगा दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी तो कंपनीज़ को जो हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उसमें चार तरीके से देखते हैं एक इनकॉरपोरेशन के बेसिस पे दूसरा लैबिलिटी के बेसिस पे और तीसरा कंट्रोल के बेसिस पे ठीक उसको हम लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कंट्रोल के बेसिस पे किस तरीके से इसको हम लोग देख पाते हैं तो कंट्रोल च्च के आधार पे दो तरीके से कंपनीज होती हैं कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज के दो टाइप्स होते हैं एक होता है होल्डिंग कंपनी दूसरा होता है सब्सिडरी कंपनी पहला क्या होता है होल्डिंग कंपनी दूसरा होता है सब्सिडरी कंपनी ठीक और लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल बाई द शेयर उसमें दो होते हैं एक को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी और दूसरे को बोलते हैं पब्लिक कंपनी आमतौर पर बहुत सारे लोग इन दो टाइप के कंपनीज के बारे में अच्छे से जानते होंगे किसमें ट्रांसफर बाई ट्रांसफर या आप लिख लीजिए ट्रांसफरेबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी के हिसाब से दो तरीके की कंपनी होती है एक होती है प्राइवेट कंपनी दूसरी दूसरी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इस तरीके से हम समझते हैं कि कंपनीज एक्ट के आधार पे होता है फिर उसके बाद जब आप उसको आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है फॉरेन कंपनीज क्या होती है वन मैन कंपनी क्या होती है या फैमिली कंपनी क्या होती है या कंपनीज दैट आर नॉट मेड फॉर प्रॉफिट यानी कंपनीज विदाउट प्रॉफिट ठीक है उसके बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझें कि जब हम लोग फर्स्ट टाइप से आते हैं फर्स्ट टाइप से समझते हैं जिसमें हम लोग पहला टाइप देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनकॉरपोरेशन के बेसिस पे जो होता है उसमें रॉयल चार्टर्ड कंपनी के बारे में हम लोगों ने जिक्र, जिक्र किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि व्हाट आर रॉयल चार्टर्ड कंपनी वट डू यू मीन बाई रॉयल चार्टर्ड कंपनी रॉयल चार्टर्ड कंपनी आर बेसिकली द कंपनीज फॉर्मड अंडर द रॉयल चार्टर ऑफ ए कंपनी और बाय ए स्पेशल ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली फॉर्म्ड बाई द रॉयल चार्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड सच कंपनी डेराइज द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर अंडर विच दे आर फॉर्मड तो एक चार्टर के तहत चलते हैं चार्टर दैट मीन्स कि एक परमिशन मेड बाई द ग्रेट ब्रिटेन द किंग और क्वीन उनके आधार पे वो एक चार्टर देते हैं और परमिशन देते हैं उसके आधार पे कंपनीज को चलाया जाता है ठीक है तो ये जो कंपनीज है इस कंपनीज़ को हम लोग कहते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनी तो पहले टाइप वाले कंपनी के बारे में समझ गया जो बेसिकली कहां पे तैयार होंगे जिसको हम लोग तैयार करेंगे ब्रिटेन के एक चार्टर के द्वारा उसको बनाया जाएगा दूसरी कंपनी जो हम लोग पढ़ रहे थे उस कंपनीज का नाम था एस्टेच्यूटरी कंपनी ठीक है उस कंपनी का क्या नाम था एस्टेचूटरी कंपनी बेसिकली द स्टेच्यूटरी कंपनी इज इंकॉर्पोरेटेड बाई द स्पेशल एक्ट पास आइदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई इट्स कंपनी इंटेंडेड टू कैरी ऑन सम बिजनेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर फॉर्म दिस वे टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स सिटीजन लाइक आरबीआई, ठीक है कोई एक ऐसी कंपनी जो सरकार के द्वारा आम नागरिकों के लिए आम नागरिकों के बेहतर फायदे के लिए उनसे संबंधित नियमावली बनाने के लिए और उनसे संबंधित अच्छे कामों को करने के लिए जिस कंपनी का निर्माण किया जाता है उस कंपनी को हम स्टेच्यूटरी कंपनी के नाम से जानते हैं उसमें तीसरा कंपनीज था जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी तो वैसी सारी कंपनीज जो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है जो कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर की जाती है या कोई भी जो उस समय का तत्कालीन एक्ट होगा जरूरी नहीं है जब मान लो कि कोई उससे पहले का लॉ बना हो उस लॉ के अकॉर्डिंग हो या जो रिसेंटली रिसेंटली जो लॉ पास हुआ है जिसको हम लोग कंपनीज एक्ट टू के नाम से जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ हो तब तो वो सारी कंपनी जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर की जाएगी या तत्कालीन समय में बने हुए एक्ट के तहत रजिस्टर की जाएगी वो सारी कंपनीज कहलाएगी रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है फिर हमने समझा कि कंपनीज बाय कंपनीज लिमिटेड बाय द शेयर लाइबिलिटी के आधार पे, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया है कि इट इज अंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर ठीक है शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी उसमें शेयर होल्डर है उनसे रिलेटेड हो कि जो भी उसके मेंबर होंगे उनके शेयर्स लिमिटेड होंगे उनके शेयर्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं उनके कुछ कुछ शेयर्स साड़े के लिमिटेड होंगे फॉर एग्जांपल दे आर आर ओनली लाइबल फॉर अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर द अनपेड अमाउंट कैन बी कॉल्ड अपॉन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इफ द शेयर ऑफ ए में आर फुली पेड अप देन हिज लाइबिलिटी विल बी नेर जैसे सपोज करिए कि कोई कंपनी का जो अमाउंट है जो अनपेड है और सबका शेयर उसमें बांधा हुआ है जैसे मान लीजिए कि हम पांच आदमी मिलके किसी कंपनी को तैयार करते हैं जिसमें कहा गया कि हम 25% के मालिक हैं वो 25% के मालिक हैं अगला 20% का अगला 30% का है ठीक है तो सौ रुपये की अगर कोई धनराशि का उसमें व्यय करना है या सौ की धनराशि उसमें आती है तो उसमें जो पच्चीस का हकदार है उसको पच्चीस जो 25% का हकदार है उसको पच्चीस रुपया जो 20% का हकदार है उसको बीस रुपया जो 30% का हकदार है उसको तीस रुपया देंगे कहने का मतलब यह है कि उसमें लिमिटेड है अच्छा, अगर कहीं देना हो किसी चीज को तो उसमें 25% वाला अपना 25% कंट्रीब्यूशन करेगा 20% वाला 20% कंट्रीब्यूशन करेगा तीस वाला तीस परसेंट करेगा लेकिन अगर उसमें कोई भी व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं पे करता है वो उसकी लेबिलिटी है और जो पे कर चुका उसकी लाइबिलिटी नील मानी जाएगी ठीक है तो दैट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर नेक्स्ट इज द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी इन सच कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू अमाउंट गारंटीड और इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट of of its its being wound up, the the amount guaranteed can be only demanded at the time of its wound up, hence that it is a reserve capital. Such companies are generally formed to promote art, science, commerce, sports and are not for profit making. कुछ लोगों ने मिलाया और एक एसेट तैयार किया एसेट तैयार करने के बाद इसमें उनकी गारंटी है कि हमारी इतनी संपत्ति का इसमें व्यय हुआ है लेकिन बेसिकली इस टाइप की जो कंपनीज है उस कंपनीज को प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाता है और तीसरी जो इस टाइप की कंपनीज होती है उसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड कंपनीज कंपनीज हैविंग नो लिमिट्स ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड एन अनलिमिटेड कंपनी दस द लाइबिलिटी में एक्सटेंड टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द केस ऑफ कंपनी टू सेटिस्फाइड क्लेम एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप अगर किसी किसी भी तरीके का क्लेम कंपनी सेटल नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनके घर से भी पैसा लगवाया जा सकता है उसमें वो भी कंसिडर किया जाएगा दैट इज अनलिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लाइक अ पार्टनरशिप वेर दे हैव टू कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी सब लोगों का जितना जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम समझे कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी जिसको हम लोग कंट्रोल के आधार पर देखते हैं तो व्हाट इज द होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी द फॉर्मर इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एक कंपनी जो दूसरे कंपनी का मैनेजमेंट रखती है मैनेजमेंट देखती है जो कंपनी मैनेजमेंट देखती है वो होल्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाएगी एंड लेटर ओवर द कंट्रोल विच एक्सरसाइज इसम्सिड्रीपनी ए कंपनी से होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ दब्सिड्री एंड ए कंपनी सेल बी डीम टू बी सब्सिडरी अनदर कंपनी इफ द अनदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात को समझिए क्या कहता है सो समझिए दो कंपनीज है सपोज करिए कंपनी हो गई ए और कंपनी हो गई बी ठीक कंपनी ए और कंपनी बी कंपनी ए का काम क्या है सो समझिए ध्यान से देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी और दूसरी कंपनी है एक्स वाई जेड ठीक तो कैसे हम इस बात को समझेंगे कि कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी कही जाएगी और कौन सी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कही जाएगी अगर हम कंसिडर करें कि एबीसी इज अ होल्डिंग कंपनी एबीसी इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स वाई जेड तो एबीसी के पास क्या क्या राइट्स होंगे एबीसी क्या करेगा कंट्रोल करेगा किस चीज पे कंट्रोल करेगा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर क्या बना के रखेगा अपना कंट्रोल ठीक है दूसरा क्या करेगा होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड शेयर कैपिटल क्या करेगा ध्यान से समझिए होल्ड्स मोर देन हाफ होल्ड्स मोर देन हाफ इक्विटीज एंड शेयर इक्विटी एंड द शेयर कैपिटल कौन होल्ड करेगा जो होल्डिंग कंपनी होगी वो तीसरा पॉइंट इट इज अब्सिड्री ऑफ अनदर कंपनी विच इज अनादर कंपनी इज सब्सिड्री इफ इट होल्ड मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी ए कंपनी सेल बी टू बी द सब्सिड्री ऑफ द अनदर कंपनी इफ द कंपनी अगर कोई कंपनी तब उसकी सब्सिडरी कही जाएगी जब उसके फिफ्टी परसेंट से ज्यादा वोटिंग राइट्स जो है दर कंपनी के पास में हो उसके हाफ से ज्यादा शेयर और इक्विटी दूसरी कंपनी के पास में हो उसके बोर्डिंग डायरेक्टर्स के कंट्रोल और कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन तीसरी कंपनी को वो जो कंपनी के पास में राइट्स होंगे वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कही जाएगी और अगली कंपनी अगली जो कंपनी है उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी के रूप में कंसिडर करेंगे अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में देखिए प्राइवेट कंपनी नाम से ही कंसिडर किया जा सकता है कि ये किसी प्राइवेट आदमी की कंपनी है जिसमें अप टू मैक्सिमम सेवन डायरेक्टर्स हो सकते हैं अभी तो चेंज करके कर दिया गया कि इसमें जो है फिफ्टी तक डायरेक्टर्स हो सकते हैं इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होगी वो कंपनीज दो तरीके के होती है एक वन पर्सन कंपनीज होती है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है बेसिकली दोनों ही प्राइवेट लिमिटेड होती है लेकिन वन पर्सन कंपनी के शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बनाना है तो उसमें मिनिमम टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन दू क्लॉज 68 ऑफ़ एक्ट 2013 याद रखिएगा सेक्शन टू एक्ट 2013 इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन क्या हो सकता है किस किस सेक्शन में सेक्शन टू ऑफ सेक्शन टू क्लॉथ 68 में अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस विच हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज वन लाख ठीक है मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए एक लाख तक पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए वो आप लिमिट कर लो दस हजार बीस हजार पचास हजार एक लाख जो भी आप एफोर्ड कर सकते हो वो कर लो आप विच प्रोवाइड द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन थ्रो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम दो तरीके से बनाए जाते हैं जब भी किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो दो दो लिस्ट तैयार किए जाते हैं एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एओ ठीक है? इसमें क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द मेंबर्स ठीक है रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाई इट्स मेंबर वो रोक लगाता है कि आप शेयर पे मेंबर के द्वारा कि कितने शेयर जाएंगे कितने शेयर नहीं जाएंगे लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेबर्स ऑफ फिफ्टी पचास से ज़्यादा मेम्बर्स नहीं होंगे ये लिमिट भी करता है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आप पब्लिक से पैसा गैदर नहीं कर सकते हैं याद रखिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो आप पब्लिक से पैसा गैदर नहीं कर सकते हैं किसी भी नाम पर पब्लिक से पैसा गैदर नहीं कर सकते हैं. आप बिजनेस कर सकते हैं लेकिन पैसा गैदर नहीं कर सकते हैं लाइक डोनेशंस वगैरह आप नहीं ले चौथी बात यह करता है कि प्रोविट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी इट आल्सो इंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस विस टाइप ऑफ प्रिविलेजेस इट कैन बी स्टार्टेड विथ ओनली टू पर्सन तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दो लोगों के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है एंड इट इट इज नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर ए प्रोस्पेक्टस एंड इट कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इमिडिएटली आफ्टर द रिसीविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ इन जैसे ही आप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार करें आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसेसेस होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस में आप क्या क्या देखते हैं तो आज हम इस बात को थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे कि कंपनी का प्रोसेस क्या होता है तो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम दो लोगों के द्वारा शुरू किया जाएगा तो दो डायरेक्टर्स होंगे तो उनके दो चीज सबसे पहले तैयार किए जाएंगे एक होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दूसरा होता है डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग डीएससी बोलते हैं एक पिन ड्राइव होता है पिन ड्राइव टाइप का जिसपे आपका इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट होता है जिससे आप सिग्नेचर करते हैं लाइक आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी हो गया इनकम टैक्स पे हो गया कंपनी के भी तो एज ए डायरेक्टर आपके पास फिजिकल सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं होती वो पेन पेन ड्राइव टाइप का होता है टोकन बोलते हैं उसके द्वारा हो जाता है तो दो चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या बनेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले डिजिटल सिग्नेचर बनेगी फिर डीएससी बनेगी डिजिटल uh, सिग्नेचर को ही डीएससी बोलता है डिजिटल सिग्नेचर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनीज का नाम आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कंपनी रखना चाहते हैं कंपनी के जो भी नाम होंगे वो शॉर्ट में नहीं रखे जाएंगे कंपनी के जो भी नाम होंगे उसका फुल फॉर्म रखा जाएगा जैसे एसके एंटरप्राइजेज नहीं रख सकते आप आपको क्या रखना होगा पूरा नाम बताइए है ना वी के एंटरप्राइजेज विस कन्या एंटरप्राइजेज बनाइए उसको वीके एंटरप्राइजेज का मतलब ये नहीं केवल वी डॉट के एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकते आपको बताना पड़ेगा उसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज के लिए बना रहे हैं कंपनी तो उस कंपनीज का नाम उसमें मैंशन होना चाहिए लाइक जैसे अगर आप करें अमित uh, एक ट्यूशन टीचर है वो प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहता है तो अमित ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड अब वो एक ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकता है क्लियर दूसरी बात जब कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे जो भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो आपका एमओए तैयार करते हैं एओ तैयार करते हैं मतलब उसमें लिखा हुआ होता है कि आप कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे किस किस बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम आप तीन तीन जो बिजनेस है तीन बिजनेस को आप चूज कर सकते हैं मतलब सेम कैटेगरी के ना कि अनदर। क्लियर तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम फिर उसके बाद आपका जो हर स्टेट के आधार पर अलग अलग सरकार को दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं वो टैक्स पे किया जाता है सरकार को उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद आप कर सकते हैं कंपनी को फिर जैसे ही आपका इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा आप इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कई स्टेट्स में जैसे आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम लोग एनजीओ के नाम से कंसिडर करते हैं आप एनजीओ को देखते हैं और इस एन के आधार पे होता क्या है कि जब एन को आप रजिस्टर कराते हैं तो कई स्टेट्स में सेम प्रोसेस उसमें भी अपनाया जाता है लेकिन उसमें मिनिमम सात मैंबर्स होने चाहिए जिसमें आप सेक्रेटरी बनाते हैं अकाउंटेंट बनाते हैं ट्रेजरर जिसको बोलते हैं उसके बाद अलग अलग छह सात मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है ठीक है उस कंपनी में आप जो एनजीओ होता है तो आप दूसरे से चंदा ऑपटेन कर सकते हैं आप रसीद काट के मेंबरशिप के लिए पैसा ले सकते हैं लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे ठीक है तो एक तो ये कंडीशनस है एनजीओ वाले में कई स्टेट्स में एनजीओ तो दो दो सौ ढाई ढाई सौ तीन तीन सौ रुपये में भी रजिस्ट्रेशन उसका चार्ज है जो रजिस्ट्रेशन उसके गवर्नमेंट का फी होता है और गवर्नमेंट का फी आपको लगता है बिहार की अगर बात करें बेसिकली तो बिहार में एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सरकार ने टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंपोज कर रखे हैं रेवेन्यू टैक्सेज तो इस बेसिस पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेवेन्यू टैक्सेज हैं वो बिहार में अधिक है वेस्ट बंगाल में कम है वेस्ट बंगाल में आज भी ढाई या तीन के आसपास तक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जबकि बिहार में उसको करने के लिए आपको कम से कम पच्चीस हजार से तीस हजार रुपया चाहिए तो कंपनीज जो किस तरीके से बनती है इसको एक शॉर्ट में आपको मैंने बताया कि कंपनीज बनाने में क्या क्या चीज लगता है बेसिकली इसमें तो बहुत बड़ा कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन मोटा सा एक मोटी सी किताब है उसको पढ़नी पड़ेगी आपको ठीक है इसका जो लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बाद हम लोग पब्लिक कंपनीज के बारे में समझेंगे कि पब्लिक कंपनीज क्या होती है तो जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है वो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज़ एक्ट 2000 के टू थाउजेंड के अंडर में ही और द हेड ऑफिस एंड इट्स बिजनेस ऑपरेशन आर कंडक्टेड विथ इन द कंट्री एंड इट कैन बी आइदर बी प्राइवेट सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी पब्लिक कंपनीज़ की जो बात है मैं आपको डोमेस्टिक कंपनीज़ का डेफिशन्स बता रहा था फॉरेन कंपनीज के डेफिनेशन के बारे में चूंकि जो नोट्स बने हुए हैं उसी तरीके से बने हुए सॉरी पब्लिक कंपनीज का मतलब यह होता है कि टर्म ऑफ पब्लिक कंपनीज हैज बीन अंडर सेक्शन सेक्शन सेक्शन ऑफ ऑफ क्लॉज क्लॉज 71 section section 71। द कंपनीज एक्ट 2013। में अब पब्लिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसी कंपनी जिसका अप कैपिटल 5 लाख रुपए होगा ठीक है डब कैपिटल पांच लाख रुपए होगा और कहीं भी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर नहीं होगी वैसी कंपनी को हम लोग प्राइवेट लिम्ट, पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक कंपनी के रूप में जानते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं फीचर्स में क्या क्या हो सकता है पहला फीचर होता है कि डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर दूसरा एटलीस्ट सेवन मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू तो फॉर्म अ पब्लिक कंपनी थर्ड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स आप इसमें कितने भी मेंबर्स जैसे कि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में हम लोगों ने देखा है कि उसमें 50 मेंबर्स रिक्वायर्ड थे सॉरी uh, हा 50 मेंबर्स लेकिन इसमें कोई मेंबर्स की लिमिटेशंस uh, नहीं है आप मेंबर्स जोड़ सकते हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड बट इतमें आपको तीन डायरेक्ट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है उसके बाद जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी प्राइवेट कंपनी तो उसके लास्ट में लिखा हुआ होगा प्राइवेट लिमिटेड एल टी डी लेकिन पब्लिक कंपनी में प्राइवेट हट जाएगा उसके आगे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नजर आएगा आपको प्राइवेट नजर नहीं आएगा इट कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपोजिट्स एंड इनवाइट द फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट शेयर एंड डिवेंचर ये क्या कर सकती है यह कर सकती है कि पब्लिक से डिपोजिट्स uh, ले सकती है मतलब पब्लिक से डोनेशंस या किसी भी नाम पे आप फंड उठा सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिड्री ऑफ ए पब्लिक कंपनी एंड विल आल्सो कंसीडर ए पब्लिक कंपनीज अंडर दिस एक्ट उसके बाद आगे आप समझिए डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी ठीक है और वन मन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नाम से क्लियर है कि जो घरेलू कंपनी हो जो आपके घर में ही व्यापार करती हो मतलब देश के टेरिटोरियल एरिया के भीतर बिजनेस करती हो वो देश के बाहर व्यापार नहीं करती हो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी ठीक है और इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और उसका कंट्र, जो बिजनेस है वो बिजनेस ऑपरेशंस कंपनीज का वो इंडिया के ही अंदर होनी चाहिए यानी आपके घरेलू क्षेत्र के भीतर भी होनी चाहिए चाहे तो ये प्राइवेट भी हो सकता है और चाहे तो ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है फॉरन कंपनी का मतलब ऐसा होता है कि वैसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट टू के अकॉर्डिंग तो रजिस्टर्ड हुई ही हो लेकिन यह कंपनी जो है बिजनेस आउटसाइड इंडिया के रूप में करती हो विध इन 30 डेज ऑफ इट्स इट हैज़ इट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार एज पर द सेक्शन 380, आपको एक देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रार क्या होता है रजिस्ट्रार्ड के बारे में समझ लीजिए रजिस्ट्रार्ड का मतलब होता है कि वैसा एक ऑफिसर जो कंपनीज एक्ट के तहत तय किया गया हुआ हो जो आपके रीजनल एरिया में होता है जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो आरओसी, जिसको बोलते रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो पटना में बैठते हैं ठीक है तो अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल में आरओसी बिठाए जाते हैं संभव है कि कहीं अगर ज्यादा बड़ा एरिया हो तो आर का ऑफिस कहीं दूसरे एरिया में भी हो सकता है जरूरी नहीं कि कैपिटल में तो जो भी कंपनीज जो फॉरन कंपनीज के रूप में इनलिस्ट होना चाहती है तो उनको पहला काम करना होगा कि कंपनीज एक 2013 के अंडर में अपना कंपनी फॉर्म करना होगा जैसे ही वो कंपनी फॉर्म करेंगे तो उसके बाद उनको अपना जो कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे एज पर द आर्टिकल 300 हंड्रेड एज सॉरी सेक्शन ऑफ़ हंड्रेड कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीउजेंड में जिसमें क्या क्या आपको देना पड़ेगा अ सर्टिफाइड कंपनी ऑफ दर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ द कंपनी चार्टर ऑफ द कंपनी कंपनी क्या क्या करेगी उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी होती है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी विद सिग्नेचर जिसको हम सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं वो आरओसी को जमा करना पड़ेगा दूसरा एमओए और एओए भी आ, आपको आरओसी को भेजना पड़ेगा दूसरा एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी भेजनी पड़ेगी तीसरा लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड इट सेक्रेटरी वो भी आपको भेजना पड़ेगा फुल एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेसेस इन द इंडिया जो जो बिजनेस आप इंडिया में कर रहे हैं कहाँ का बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा एड्रेस चाहिए नेम एंड द एड्रेस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन टू डू बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी इन इंडिया जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो कंपनी के बिहाफ में इंडिया में काम करेंगे उनका पूरा का पूरा डिटेल चाहिए तो ये फॉरेन कंपनी बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं फॉरन कंपनी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है रजिस्टर होना चाहिए एज पर द लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय द कंपनीज एक्ट टू जब भी आप करेंगे कंपनीज का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके 30 दिन के भीतर एज पर द सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सर्टिफाइड कॉपी भेजनी पड़ेगी किस चीज़ का चार्टर ऑफ द कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो ऑपरेट करेंगे कंपनी कम, को इंडिया में उनके एड्रेस उनका नाम फुल एड्रेस जो बिजनेस आप इंडिया में कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी वो सारे के सारे ऑथराइज्ड जो आपकी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स आपको आरओसी को विथ सिग्नेचर आपको भेजने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद अगर आप देखें वन पर्सन कंपनी की हम लोग जो बात कर रहे थे वन पर्सन कंपनी या वन मैन कंपनी भी उसको बोलते हैं या ओपीसी बोलते हैं उसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं या वन मैन कंपनी के रूप में भी जाना जाता है रजिस्ट्रेशन उसका होता है कंपनीउजेंड like 2013 के अकॉर्डिंग ही उसमें कोई तब्दीली तो है नहीं लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स में बटे हुए होते हैं लेकिन वन परसेंट कंपनीज के वन परसेंट कंपनी के जो भी शेयर्स और कैपिटल्स होते हैं वो एक आदमी के ही पास होता है ठीक है उसके बाद वन पर कंपनी कैन बी इनकॉरपोरेटेड ंडर सेक्शन टू ऑफ क्लॉज 62 टू ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इन कंपनी इन सच ए कंपनी द प्रिंसिपल शेयर होल्डर इज द वर्चुअल ऑनर रनिंग दिजनेस विथ लिमिटेड लैबिलिटी एंड अदर मेम्बर्स हैव इवन वन शेयर ठीक है तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है वन पर्सन कंपनी जिसके पूरे के पूरे पावर से एक पर्सन के हाथ में होते अच्छा इन सब के अलावा एक चीज हम लोगों ने नहीं समझा कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि वैसी कंपनी जो नॉन प्रॉफिट क्योंकि अभी तक हम लोगों ने समझा कि कंपनीज देखिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा प्रोविजन क्या होता है कि कंपनी को जो रजिस्टर करा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पर्पस से किया जाता है लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो नॉन प्रॉफिट के आधार पर काम करती है मतलब प्राइवेट लिमिटेड भी है मतलब लिमिटेड भी है कंपनीज एक्ट like 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हो या ना हो लेकिन वो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल होनी चाहिए तो उसको हम लोग कहते हैं कि कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट दिस कंपनी मस्ट ऑबटेंट ए लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर दे आर द रजिस्टर्ड दे आर लिमिटेड लाइबिलिटी बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट विथ देयर नेम पहली बात नाम से क्लियर है लिमिटेड करेंगे तो भैया आपके भीतर भी तो फिर प्राइवेट लिमिटेड वाली ही गुण आ गई और प्राइवेट लिमिटेड करें तो फिर आप नॉन प्रॉफिट कैसे हो गए क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपना काम शुरू करता है तो किसी भी काम का एक सबसे बड़ा जो पर्पज होता है वो होता है बेनिफिट तो अगर आप कंपनी वैसी रजिस्टर करना चाहते हैं जिस कंपनी में आपको बेनिफिट नहीं कमाना प्रॉफिट नहीं कमाना तो फिर प्राइवेट लिमिटेड करने का मतलब क्या है तो सरकार ने कहा कि एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस परमिशन के आधार पर आपको दो काम करना पड़ेगा एक काम तो आपको यह करना पड़ेगा कि आप उस कंपनी में आप ना तो प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं ना ही पब्लिक या लिमिटेड वनली लिमिटेड लगा सकते हैं तो इसको बनाएंगे क्यों सबसे बड़ी बात इसको बनाने के लिए किस किस चीज के लिए बनाया जा सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स science commerce sports etc because profits are not applied towards its objective and cannot be distributed among their members okay उसके बाद इसमें क्या आप देख सकते हैं इट इन्ज्वायज वेरियस एग्जैम्पन्स ऑन रजिस्टर्ड बहुत सारे छूट मिलते हैं इनके रजिस्ट्रेशन कराने पे इट डज़ नॉट पे स्टाम्प ड्यूटी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन या मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ भी बनाने के लिए आपको इसमें पैसा खर्च सरकार नहीं लेती है इट कैन भी फॉर्म विदाउट शेयर कैपिटल दूसरा गवर्नमेंट कैन रिवोक लाइसेंस एनी टाइम बाई गिविंग ए नोटिस किसी भी समय सरकार चाहती है तो आपको इस पर नोटिस करके आपको हटा सकती है ठीक तो है तो कुल मिला आज के जो सेगमेंट है सेगमेंट में हमने समझा कि कंपनीज़ के कि कितने टाइप्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के कंपनीज़ के अलग के, अलग क्या क्या काम होते हैं कंपनीज़ किस तरीके से काम करती है कंपनीज़ के अलग अलग क्या क्या तरीके होते हैं कितने में कंपनीज़ के लाइसेंसेस मिलते हैं क्या क्या कंपनी बनाने के प्रोविजन्स होते हैं इसके बाद अब हम समझेंगे जब अगले सेगमेंट को हम लोग देखेंगे तो अगले सेगमेंट में हम समझेंगे कि लेबर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे कि लेबर और कंपनी के बीच में किस किस तरीके के रिलेशन्स होते हैं और लॉ उसके बारे में क्या कहता है तो बेसिकली आज हम लोगों ने समझा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 जो रिसेंट लॉ है ठीक है इसके बाद हम लोग फिर आगे समझेंगे अगले सेगमेंट में उसके बाद हम समझेंगे कि लेबर के बारे में समझेंगे लेबर और कंपनी के रिलेशन यानी इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के रिलेशन्स के बारे में समझेंगे उसके बीच में कुछ क्लासेज होते हैं उस क्लासेज के बारे में समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे उसके बारे में